हेलो विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और अपने एसपी क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे जो है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लगभग हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है तो वह न्यूमेरिकल क्या है जो है सबसे पहले जो है या जो है यूपी बोर्ड एग्जाम दो में पक्का आएगा क्योंकि जो है यह न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जो है क्योंकि जो है यह न्यूमेरिकल लगभग हर साल बोर्ड में पाँच नंबर में पूछा जाता है तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सिद्ध कीजिए कि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया को तीन बटे चार पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है बस आप लोग जो है देखते जाइए जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए जो है तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है एक बार फिर से पढ़ लीजिए सिद्ध कीजिए की प्रथम कोटि की अभिक्रिया को तीन बटे चार पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है हमने आप लोगों को पढ़ाई पढ़ाया ही हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के लिए सूत्र क्या होता है सूत्र यहाँ पर जो होता है K बराबर जीरो दशमलव तीन जीरो तीन बटे दो यहाँ पर जो लॉग बेस्ट जो है लॉग बेस्टेंड ए अपॉन a माइनस एक्स तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र यह होता है तो अभिक्रिया को जो तीन बटे चार पूरे होने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर जो लिखते हैं अभिक्रिया को अभिक्रिया को तीन बटे चार पूर्ण होने पर पूर्ण होने पर होने पर तो यहाँ पर जो इसमें आप लोगों को कुछ मानना पड़ेगा तो आप लोग जो है मान लेना तो यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं जो है यहाँ पर देखिए ए दिया है तो यहाँ पर जो है हम ए बराबर मान लेते हैं सौ कोई भी जो चीज रहता है तो हमेशा सौ में रहता है और यहाँ पर हम लोगों को एक्स का मान निकालना है तो यहाँ पर जो है एक का मान हो जाएगा सौ गूढ़े कितना दिया है? तीन बटे चार पुढ़ होने में तो यहाँ पर तीन बटे चार तो यहाँ पर जो एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर कट जाएगा पच्चीस चौके सौ तो यहाँ पर जो है पच्चीस चौक के सौ तो यहाँ पर पच्चीस दिया पचहत्तर तो यहाँ पर एक्स का मान आ गया जो है पचहत्तर तो यहाँ पर हम लोगों को जो है ए का मान निकालना है तो एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं जो है ए माइनस एक्स बराबर तो यहाँ पर जो है ए का मान कितना है सौ और जो है एक्स का मान पचहत्तर तो ए माइनस एक्स का मान आ जाएगा जो है यहाँ पर पच्चीस तो हमने जो है यहाँ पर ए माइनस एक्स का मान जो है यहाँ पर निकाल लिया यहाँ पर पच्चीस रहेगा तो अब हम लोग जो है सूत्र लिखते हैं जो है यहाँ पर दिया है तीन पूर्ण करने में लगा समय अर्ध तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को जो है पढ़ लेना जो है बहुत ध्यान से तो देखिए जो है यहाँ पर जो है सूत्र लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो है जैसा कि हमने जो है पहले ही लिख दिया था तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा जीरो दसमलव तीन जीरो तीन बटे जो है यहाँ पर जो कितना तीन बटे चार तो यहाँ पर तीन बटे चार लोग बेस्टेन जो है यहाँ पर ए अपान ए तो ए का मान हम लोगों ने कितना निकाला था बताइए आप लोग जो है क्वेश्चन में देख लेना जो है ऊपर ए का मान हम लोगों ने सौ निकाला था और एक्स का मान जो है यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा है ए माइनस एक्स का मान कितना पच्चीस हमने जो है ऊपर ये आप लोगों को सूत्र लिख दिया था तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जो है के बराबर के बराबर जीरो, जीरो बटे जो है यहाँ पर टी थ्री अपॉन लॉ बेस टेन तो यहाँ पर फोर आ जाएगा तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो है इसको यहाँ पर लिख देते हैं जो है यहाँ पर जो टी तीन बटे फोर बराबर जीरो दसमलव तीन जीरो तीन बटे जो है यहाँ पर के आ जाएगा और जो लॉ फोर तो इसको जो है हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं इसको हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं तो जो है यहाँ पर लिखते हैं उसी प्रकार जैसा हमने हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर एक समीकरण बनाया और एक समीकरण यहाँ पर और बनाएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं उसी प्रकार उसी प्रकार तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे पहले तीन बट्टे चार वाला हो गया अब हम लोगों को जो है अर्धविक्रिया का निकालना है तो यहाँ पर जो टी एक बटे बराबर हो जाएगा जो है जीरो दसमलव तीन जीरो तीन बटे के जो है लॉक टू तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर तीन बटे चार लिखा था तो यहाँ पर एक बटे दो हो जाएगा और लॉक फोर की जगह लॉक टू हो जाएगा सिमिलर जो है वो ऐसा ही है क्योंकि जो है यहाँ पर जो हमने तीन बटे चार लिया था तो यहाँ पर जो एक बटे ले लिया है तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर दो बन गया अब हम लोगों को जो है निकालना है इसका जो अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय तो यहाँ पर लिखते हैं जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं आप लोग नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं जो है यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक व दो से समीकरण एक व दो से तो लग गया बहुत ही सिंपल है तो समीकरण एक जो है यहाँ पर लिखते हैं देखिए यहाँ पर जो समीकरण एक है इसको लिखते हैं t ती, तीन बटे चार बराबर जीरो दो दशमलव तीन जीरो तीन बटे के लॉक फोर यहाँ पर समीकरण एक हो गया अब हम लोग लिखते हैं जो है समीकरण दो समीकरण दो क्या है t यहाँ पर जो समीकरण एक हो गया समीकरण अब हम लोगों को दो लिखना है t एक बटे दो बराबर जो है जीरो दस दो दसमलव तीन जीरो तीन बटे जो है के यहाँ पर जो है एकदम बहुत ही सिंपल है बस आप लोग देखते जाइए तो यहाँ पर जो है लॉग टू हो जाएगा तो यहाँ पर जो है टू तू टू से कट जाएगा तो यहाँ पर लॉग टू आ जाएगा जो है और यहाँ पर जो है ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर जो है एंसर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का एंसर आ जाएगा टी तीन बटे चार बराबर आ जाएगा यहाँ पर दो गुड़े दो गुड़े टी बटे दो तो यहाँ पर जो है हमने जो सॉल्व कर दिया जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय तो यहाँ पर जो है दो गुड़े टी बटे दो समय यहाँ पर लगेगा अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए दिया था तो यह बहुत ही सिंपल था लगभग बोर्ड में जो है यह क्वेश्चन सात नंबर में पूछा जाता है तो इसको आप लोग पढ़ लेना जो है तो आप लोगों को एक बार जो है फिर से दिखा दे रहे हैं आप लोग जो इसका स्क्रीन शॉट मान लेना और जो अपने फेयर कॉपी पर उतार लेना तो देख लीजिए जो है यहाँ पर बहुत ही सिंपल है पहले मैंने समीकर एक बनाया फिर दो बनाया फिर समीकर एक दो से सोल्व कर दिया जो है देख लीजिए जो है बहुत ही सिंपल है तो जो है यह वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था तो अगर आप लोगों ने जो है इस वीडियो को अंत तक देख लिया हो देख लिए हो तो वीडियो को जो है एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग जो उस वीडियो को पढ़ कर जो बोर्ड में नब्बे प्लस ला सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद